नीलांजन शमाभासम जमागजम क्षमा रविपुत्र तम नमामी जय शनि देव। शनि सूर्य से छठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद का सबसे बड़ा ग्रह है। वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह का बहुत ही ज्यादा महत्व है हिंदू ज्योतिष शास्त्र की यदि हम बात करें तो शनि ग्रह से विशेषता आयु दुख रोग पीड़ा विज्ञान साइंस टेक्नोलॉजी तकनीकी लोहा खनिज तेल कर्मचारी सेवक जेल इत्यादि का पता चलता है कारक ग्रह माना जाता है यह मकर और कुंभ राशि का स्वामी है को, या आप सभी लोगों को पता है, तक रहता है। की यदि हम बात करें तो इसी को शनि की ढैया कहते हैं नव ग्रहों में शनि की गति सबसे ज्यादा मंद है शनिदेव को वैदिक ज्योतिष में कर्म का कार्यक्रह भी कहा जाता है और यदि हम काल पुरुष की कुंडली भी बताए तो जो टेंथ नंबर होता है ये कर्म का होता है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 और अधिक पड़ेगा ही पड़ेगा इस साल मकर धनु राशि और कुंभ राशि के ऊपर शनि की साढ़े साथी का मुख्य रूप से प्रभाव रहेगा वृश्चिक राशि वालों की शनि की साढ़े साथी उतरती हुई दिख रही है उतर जाएगी ही जाएगी शनि मुख्य रूप से मकर और कुंभ राशि के स्वामी है शनि की वास्तविकता यह है कि अच्छों के साथ अच्छा और बुरो के साथ बुरा कर्म करते हैं आज हम आपको सभी राशियों पर साल 2020 में शनिदेव के अच्छे और बुरे प्रभाव के बारे में बताने जा रहे हैं साथ ही साथ शनिदेव का ये गोचर मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा कुछ लेकर के आया है इस पर भी हम दर्शकों दृष्टि डाल आगे बढ़े दर्शकों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यदि नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में वना बेलाइकन दबाइए और फेसबुक पेज पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए हमें फॉलो कीजिए और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है ज्योतिष से संबंधित या कोई प्रश्न जो है आपके मन में आ रहे हैं तो आप लोग ट्विटर पर हमसे जा करके आप लोग हैशटैग करके हमसे आप अपने जो है प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं तो चलते हैं दर्शक मिथुन राशि की ओर बढ़ते हैं दर्शकों कैसा रहेगा मिथुन राशि के जात को साल दो में शनि देव का यह गोचर तो शनि देव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं अष्टम और नव भाव के स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव में प्रभावी रहेंगे तो इस साल मिथुन राशि वालों पर शनि का प्रकोप रहेगा जिसके चलते आपके कई बनते काम बिगड़ेंगे शनि के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति डहाडोल हो सकती है हालाँकि साल के अंत तक की अक्टूबर नवम्बर दिसंबर का जो महीना रहेगा ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा परिवार के साथ विदेश यात्राओं पर जाने के योग बन रहे देखिए दर्शकों अष्टम स्थान जो होता है ये दुख का होता है ये मृत्यु स्थान भी होता है और आर्थिक संकट का भी होता है तो कोई फाइनेंशियल संकट में भी आते हुए आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं दुर्घटना होने की प्रबल संभावना अष्टम स्थान से मृत्यु का दुर्घटना का एक्सीडेंट का इन सब चीज़ों का भी विचार किया जाता है तो दुर्घटना होने की प्रबल संभावना कोशिश कीजिएगा सीट हेलमेट लगा करके आप जरूर जो है ड्राइव करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा लंबे वक्त से चले आ रहे जमीन जायदाद के मामलों का इस वक्त निपटारा होता हुआ दिखाई पड़ेगा जबरदस्ती किसी कागज पर साइन मत करिएगा कोई आपसे यदि साइन लेता है तो फूल से मत करिएगा जमीन से जुड़े मामले में कोई फैसला लेने से पहले बड़े लोगों की सलाह ले जानकारों की सलाह ले तो ज्यादा संबंधी रोग आपको कर सकती है। इस, कुछ इस साल आपको आकस्मिक धनलाभ होता हुआ भी दिखाई पड़ेगा मिथुन राशि के कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन का अप्रैल तक की योग बन रहा है कोई नया टास्क कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और भाग्य का आपको बेहतर साथ मिलेगा मिथुन राशि के जातकों आपको देखिए उपाय क्या करना है उपाय के तौर पर कोशिश कीजिएगा कि डेली आप लोग जो है हनुमान बाहु का पाठ जरूर करिए दशरथ के शनि स्रोत का पाठ प्रतिदिन करना आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा शनिवार वाले दिन उड़द के बने बनवा बड़े बनवा करके आपको मजदूरों को लेबर क्लास को देना रहेगा तो मिथुन राशि के जातकों आप लोग ये प्रयोग करिए और बाकी देखिए आप लोग अपनी कुंडली का यदि विश्लेषण करवाते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा आपकी हॉरोस्कोप क्या कह रही है इसके अनुसार आपको उपाय भी बताएंगे दर्शकों तमाम दर्शक, दर्शक पूछते हैं कि हमारा ये राशिफल किस पर आधारित है तो देखिए शनिदेव का यह जो गोचर है ये चंद्र राशि पर ही प्रभावी होगा देशे ग्रामे ग्रह युद्ध सेवा या व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्म जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रा या गृह गोचरें जन्म राशि प्रधानत्म नाम राशि न है, तो नाम की भी नहीं करनी में बना और पुराने भी है तो आप लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए हमसे जुड़ने के लिए हमसे सवाल पूछने के लिए ट्विटर पर इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई वार्षिक राशिफल 2020 भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है मंथली राशिफल भी पड़ रहा है दैनिक राशिफल भी हम डेली की डेली डालने आप लोगों को देखने की जरूरत है यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं आपके मार्ग में कोई बाधाएं आ रही उनको आप जो है दूर करना चाहते हैं तो एक बार हमसे संपर्क अवश्य कीजिएगा स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय शनिदेव